सिर्फ मेरी हो तुम्हें समझ नहीं आता क्या भूल जाओ तुम मुझे मैडम कोई प्रॉब्लम है क्या क्या रहे क्या चाहिए तेरे को हा? वो चाहिए मुझे नहीं दे, दे सकता ना तो निकल गया से।